वो कहा आंखों की खिड़की खुलते ही गले की तंग गलियों से गुजर के एक आवाज आई जिसने तुम्हारी बैंड बजाई तुमने उसे ही बुलवाई